एक स्टूडेंट जो स्कूल में आग लगने से पूरी तरह से जल जाता है जिसके बचने की उम्मीद डॉक्टर को भी नहीं थी लेकिन वहां बच जाता है और एक दिन व्हीलचेयर से खुद को नीचे फेंककर अपने पैर घसीटने लगता है और दूर कहीं चलने के बाद में अपने पैरों से दौड़ने की कोशिश करता है फिर 4 फरवरी उन्नीस में न्यूयॉर्क शहर के मेडिसन गार्डन में दुनिया की सबसे तेज लंबी दौड़ लगाई इस जिंदगी और मौत के बीच जिंदगी जुड़ने वाले स्टूडेंट का नाम ग्लेन कंसिंगम था आज हमें भी जिंदगी में इतनी बड़ी दौड़ लगाने की जरूरत है ऐसे ही मोटिवेशनल सच्ची स्टोरी को आगे भी देखने के लिए चैनल को सपोर्ट जरूर करती